का करेंगे। 15 और नंबर टू कॉन्फिडेंस ये टू हंड्रेड और क्रॉस हो गया है और नंबर थ्री कॉन्फिडेंस ये आर एस आई में निकालने के लिए थोड़ी नीचे आई है रिटेलिंग किया तोड़ के दोबारा तो रिटार्ज करिए लेकिन अगर हम पीछे से भी देखें पीछे मार्केट में देखें तो मार्केट ने बहुत बार 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के तकरीबन 200 को रिटेस्ट किया है तो नीचे नहीं जाएगी मार्केट ज़्यादा और नंबर थ्री जो कॉन्फिडेंस है हमारे पास ये देखिए मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन लगाई है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है और ट्रेड हम तब लेंगे यहाँ फिफ्टी मूविंग एवरेज को जब तोड़ के ऊपर तोड़ के और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएंगी मिनिमम टू कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तब हम ट्रेड लेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें